नमस्कार आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग में हूं रमेश भट्ट परीक्षा भर्ती मामले में एक के बाद एक जो रहस्योद्घाटन हो रहे हैं उसके बाद कल जो यूके एस के आयोग के अध्यक्ष ने जो इस्तीफा दिया और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सनसनीखेज बातें कही वो वाकई हिला देने वाली बात है अगर आयोग के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव रहता है राजनीतिक दखल रहता है नकल माफिया और नेताओं के बीच में साठगाठ है सरकार उचित सहयोग नहीं करती विजिलेंस को बहुत बार उन्होंने निवेदन किया लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ी और कई बातें आयोग के अध्यक्ष ने कही इन बातों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है सवाल इस बात का है कि इन नकल माफिया को कौन नेता संरक्षण दे रहे हैं और अगर वो संरक्षण दे रहे हैं तो अभी तक वो क्यों पकड़ से बाहर हैं फॉरेस्ट भर्ती घोटाले में जब ये मामले सामने आए थे कि ब्लूटूथ से नकल कराई गई है तब भी एसआईटी का कहना था कि वो उन लोगों तक पहुंच चुकी है लेकिन आप देखिए हाईकोर्ट ने पुले मामले को खारिज कर दिया अब स्थिति यह अन पड़ी है कि जिनको आरोपी बनाए उनको वापस नौकरी देनी पड़ेगी बहरहाल ये जो बी और वीपीडीओ भर्ती घोटाला है ये अपने आप में एक ऐसा सवाल बन गया है सरकार के लिए कि अगर इसका रहस्य उद्घाटन नहीं किया सरकार इसके जड़ तक नहीं पहुंची तो इकबाल और साग पे सवाल उठना लाजमी है मेरे साथ दो खास मेहमान इस चर्चा में जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता भुवन कापड़ी और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सतीश लखेड़ा आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि डायलॉग में मेरा पहला सवाल लखेड़ा जी आपसे है आयोग के अध्यक्ष का यह कहना कि साहब राजनीतिक दबाव रहता है राजनीतिक दखल रहता है सरकार मदद नहीं करती विजिलेंस ने ध्यान नहीं दिया और नकल माफिया को राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है यह अपने आप में बहुत ही गंभीर में कहूंगा एक तरह के आरोप हैं रमेश जी इस राज्य का निर्माण आंदोलन की गोद से हुआ है और उत्तराखंड में नौकरी जिस तरीके से महत्वपूर्ण है या जितने रोज, रोजगार के सृजन के लिए बहुत सीमित संसाधन होते हैं और कभी कोई नौकरी सरकारी नौकरी का विज्ञापन आता है तो हजारों शिक्षित नौजवान उस लाइन पर खड़े होते हैं इन नौजवानों की नौकरी पे कोई सिस्टम डाका डाले या कोई तंत्र इसे प्रभावित करने की कोशिश करे या ऐसी परीक्षा हो कि जिसमे जो जरूरतमंद है या जो काबिल बच्चा है वो अवसरों से दूर हो जाए ये उसके साथ अन्याय होगा और सरकार की जो संस्था ऐसा कर रही है उसके द्वारा ये जो असफलता है उस पर सवाल खड़े उठते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए जीरो टॉलरेंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आई है और पहली बार इतिहास बनाया है कि हम दोबारा सत्ता में आए हैं इसलिए हम कमिटेड जो भी दोषी होगा जहां तक जड़ तक इसको खोजने कोशिश करेगी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एसटीएफ टी एफ पूरी जाँच कर रही है इसमें गिरफ्तारियां भी हो गई हैं मैं आपने शुरुआत में कहा कि जो आयोग के अध्यक्ष थे उन्होंने सवाल उठाए अच्छी बात है वो उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नौकर सा रहे हैं उनका पूरा जीवन उत्तराखंड में विभिन्न पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी है उन्होंने सवाल उठाए हैं उसके लिए तो सरकार काम करे करेगी मगर अध्यक्ष के नाते कुर्सी पर बैठे हुए उनके पास जो तथ्य थे अगर वो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ क्यों बैठे थे उनके रहते हुए पारदर्शिता होनी थी उनपे किसने दबाव डाला कौन राजनेता था कौन उनके द्वारा जबरदस्ती करा रहा था जिस व्यवस्था से उनको बाहर आना पड़ा वो क्या परिस्थितियां थी उसके बारे में उनको खुलासा करना चाहिए था मुझे लगता है उन्होंने आपको बातें जांच के दायरे में लेनी चाहिए कापड़ी साहब आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करे आयोग को भंग किया जाए तो क्या आपको लगता है कि ये एकमात्र रेमेडी है इस मामले के खुलासे को लेकर देखिए मैंने पहले विधानसभा में मामला उठाया तथ्यों और साक्ष के साथ बीडीओ बीपीडीओ सबसे पहले की पहले की की, भर्ती, भर्ती, उसके ब्लॉक डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफिसर सारी भर्तियां कहीं-कहीं के बीच रही है। पहले तो आयोग का कोई रोस्टर तैयार नहीं है कि वो भर्ती कितने दिन में पूरी करेंगे और उसके बाद जब आयोग ने जिस को बनाया एग्जाम के कराने के लिए वो मध्य प्रदेश में अध्यापक में लखनऊ में थाने का मुकदमा ऐसी संस्था का, तो का चयन किया और क्यों? दूसरी बात ये है तो लगातार अध्यक्ष और उन्हें तो कार्रवाई क्यों नहीं करी अब आप समझिए उन अधिकारियों का एक बयान आता है सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है कि हम लेते हैं पैसा जो करने थी सरकार और जब अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि विजिलेंस की जांच नहीं करी तो सबसे बड़े तो जांच का विषय यह है कि विजिलेंस की जांच क्यों नहीं करी राजनीतिक दबाव था या फिर लापरवाही थी सरकार को इसके इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए था दबाव है ये उत्तराखंड के देवभूमि के युवाओं और उत्तराखंड हमारी देवभूमि के भविष्य का सवाल है लाखों मेहनती युवा बहुत गरीब परिवार से है उनकी भ्रष्टाचार के भेद लगातार तो सालों से चल रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही है आज स्टेप जांच कर रही है तो प्राथमिक जांच स्टेप ने करी है उसकी तारीफ करो लेकिन बात यह है की मगर तो में उस नेता वो अधिकारी वो कर्मचारी वो प्रभावशाली के सलाखों पीछे या नहीं ये जब जांच अंतिम तौर पर पहुंचेगी तब हम कह ठीक है आप कह रहे हैं कि मुण बड़े, मुण लोगों बड़े लोगों पे भुवन कापड़ी साहब आप कह रहे हैं बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम भी यही कह रहे हैं सतीश लकेड़ा जी क्योंकि अभी जो पकड़े हैं ना वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है यानी इन लोगों को पकड़कर आप उन बड़े मगरमच्छों तक नहीं पहुंच पा रहे जिनके संरक्षण में यह नकल का कारोबार फलता फूलता है आखिर इनको इतनी ताकत इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि एक इतना बड़ा एग्जाम जो है ये उसको प्रभावित कर सकते हैं कोई ना कोई तो इनको संरक्षण दे रहा होगा नहीं बन, ये लखीडा जी से सवाल है कापी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास लखीडा जी नहीं जैसे माननीय विधायक जी ने कहा उनका सवाल उठाना और एक जनप्रतिनिधि के नाते और प्रदेश के जागरूक नागरिक के नाते उन्होंने बहुत वजीब सवाल उठाया मगर भट जी आपने देखा होगा किसी भी बड़े भ्रष्टाचार का किसी बड़े षड्यंत्र का खुलासा तभी होता है जब आम जनता के बीच में कुछ बातें आती पहले धुआं पकड़ा गया है आपका स्रोत पकड़ा जाएगा छोटी मछलियां पहले आई है उनसे जांच पूछ होगी कौन बड़ा आदमी कह रहा था कि आप का काम हम कर देंगे कौन सा स्रोत था कौन से माध्यम थे और कहां तक ये जाकर मुख्य व्यक्ति और मुख्य अभियुक्त तो कौन है इसलिए निश्चिंत रहिए छोटी मसलियां पकड़ी गई हैं ये साधारण सी बात है कि आमतौर पे शुरुआती जांच में ऐसे ही तथ्य सामने आएंगे मगर अब वो लोग आएंगे गंजे में कि जिन लोगों के द्वारा ये पूरा षड्यंत्र बनाया गया और ये स्पाई बन के जनता के बीच में काम कर रहे थे ये ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो पैसे देकर नौकरियां खरीदना चाह रहे हैं इसलिए कोई भी विश्वास दिलाते हैं आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बक्सा जाएगा जितनी बड़ी जांच हो पहले ये जांच चल रही है इस जांच को देखते हैं ये जांच सिरे तक पहुंचेगी और हमें उम्मीद है क्योंकि उत्तराखंड में नौकरी को लेकर के और ऐसे ऐसे प्रांत में जो एक जागरूक प्रांत है यहाँ हमारा बहुत जागरूक विपक्ष है सरकार अपने जो एजेंडे को लेकर सरकार में आए उसको लेकर कमिटेड है इसलिए आप चिंता मत कीजिए जांच चल रही है चिंता होना वाजिब है लखेड़ा साहब जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामला हुआ था उसमें 11 लोग को एसआईटी ने गिरफ्तार किया सैंतालीस लोगों को चिन्हित किया कि इन अभ्यर्थियों ने नकल कराने वालों के रूप में उनको चिन्हित किया हाईकोर्ट ने वो पूरा केस खारिज कर दिया अब माना यह जा रहा है कि जिनको चिन्हित किया था कि साहब इन्होंने नकल कराई उनको दोबारा नौकरी देने का दबाव है सरकार के ऊपर तो सरकार की साथ पे तो पहले से ही सवाल है कि सरकार कोई इंडिपेंडेंट तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच नहीं कर रही है अगर पॉलिटिशियंस बड़े हैं उनके दबाव में यह जांच इधर उधर घूम जा रही है देखिए रमेश जी अगर पिछले जो भर्ती गार्ड का विषय आपने उठाया है इसको लेके भी जांच हुई सरकारी जांच थी लोग पकड़े गए अब माननीय न्यायालय का गाइडेंस आया है और अगर सरकार पे दबाव पड़ता है और वो ऐसा प्रतीत होता है कि ये गाइडेंस के सामने जो माननीय न्यायालय ने कहा है उसके सामने फिर से हमारा पक्ष जाना चाहिए तो सरकार अपना विषय रखेगी क्योंकि माननीय न्यायालय के किसी भी टिप्पणी पर हम सवाल नहीं उठाए हैं मगर माननीय न्यायालय के समक्ष अगर हमारे कुछ तथ्य ऐसे है पुनर्विचार के लिए तो सरकार उस पर बात करेगी क्योंकि किसी को भी अगर योग्य व्यक्ति की नौकरी अयोग्य व्यक्ति छीन रहा है तो ऐसा नहीं होने दिया जाए बिल्कुल कापरी साहब क्या आपको लगता है कि एसटीएफ इस काम को अंजाम दे पाएगी एसटीएम बिना दबाव के उन लोगों तक पहुंच पाएगी जिसकी ओर इशारा कल मिस्टर राजू ने किया था देखिए बढ़िए सबसे पहले तो मैं चाहूंगा जब 18 18 पालियों में 80000 का एग्जाम होता जा रहा था तो सरकार को तभी संज्ञान लेना चाहिए था अब तो लोक सेवा आयोग 2 लाख को एक साथ करा सकता है है है तो तो तो ये ये ये ये क्यों नहीं? नहीं जो भ्रष्टाचार की उसको किया जा रहा था। अब अब बात बात कि कि देखते हुए तो नहीं कह सकते कि हुए कर रही है। ये बात तो जब इसमें लोग जो दोस्ती है वो जेल जाते ही जाते हैं सब्जी बड़े तो अधिकारी कर्मचारी एस टी ढंग से करेगी तो जरूर जाएंगे दबाव बनेगा तो जिससे नहीं। नहीं कोई दबाव होने वाला समय बताएगा तो नहीं उठा सकते जांच सर है चाहूंगी की अगर सरकार के पास ये मौका है उत्तराखंड के देवभूमि में भ्रष्टाचार में जो उत्तराखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उत्तराखण्ड के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो सलाखों के पीछे भेजकर एक नजीर पैदा है कि उत्तराखंड में नहीं जाएगी। तो सरकार की इच्छा शक्ति अंतिम चरण में दिखाई देगी कि सरकार क्या चाहती है जब इसकी पूरी जांच रिपोर्ट तो सब्मिट होगी अभी तक तो एस टी ने बढ़िया जांच करी है अगर नहीं जांच तो, नहीं कोई सीबीआई की पहले भी कर रहे जो जो मिस्टर राजू स उनकी बात का संज्ञान नहीं ले रही है तो वो उस पद पर क्यों बैठे हुए थे भाई जब आपका रिकोगशन ही नहीं है आप उस पद पर बैठे क्यों आप पहले ही छोड़ देते उस क्योंकि आज आपके ऊपर प्रेशर है आपका आयोग सवालों के घेरे में है जाने से पहले आप इस तरह के उन्हें भी दबाव आपके ऊपर था नहीं इसमें तो अध्यक्ष जांच के दायरे में लेना चाहिए उनसे सारी जानकारियां इकट्ठी करनी चाहिए और उनको जांच में सहयोग करना चाहिए जो तो दोषी जेल के पीछे भेजने में सहयोग करना चाहिए इसका खा जी आपको लगता है कि अध्यक्ष को जांच के दायरे में लेना चाहिए क्योंकि जिस तरह से कल वो प्रश्न कर रहे थे और कई इशारे उन्होंने किए इसका मतलब साफ है उनके पास बहुत कुछ साक्ष्य हैं जो इस जांच को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं जरूर अगर ऐसा लगता है कि उनकी सहायता से या उनकी जानकारियां स्रोत तक पहुंच सकते हैं और हम कारगर तरीके से ऐसे लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं कि जो सिंडिकेट नौकरियां बेच रहा था सरकार के सिस्टम में वो एक आयोग के अध्यक्ष थे और आयोग इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट तरीके से वो पॉलिटिकल आदमी बनके मैसेज के लिए अपनी जिम्मेदारी से बाहर नहीं जा सकते हैं वे खुद जानते हैं प्रशासनिक क्रियाएं क्या है पूरी जिंदगी उन्होंने प्रशासन के सिस्टम में काम किया है इसलिए अगर कहा गलत है कहा उनकी जिम्मेदारियां वो विवश हो रहे थे कौन सी ऐसी परिस्थिति हो गई थी त्याग पत्र देना पड़ा उन सारे विषयों को लेकर मैं सामने आना था कल की उनको जो प्रेस में सुन रहा हूँ उसमें केवल एक गोलमोल सी बातें हैं और अपनी गर्दन छुटा के बाहर निकलने वाली बात है दूसरी बात कहना चाहूंगा रमेश जी वर्तमान एक बात कहना चाहता हूँ अरे साहब आप अपने युवाओं को भरोसा तो दिलाईए चीफ मिनिस्टर को पब्लिक के सामने के कहना चाहिए साहब मैं अपने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा आप मेरा विश्वास रखिए कितने से बड़े राजनेता किसी भी राजनीतिक दल के हैं उन्हें नई बख्शा जाएगा आप जिन युवाओं और महिलाओं की वजह से आप सत्ता में आए आप उन्हीं को भरोसा नहीं दे पा रहे यहाँ, यहाँ इतनी असमंजस और पशोपेश की स्थिति है हर दिन युवाओं से बात करो कहता कि हमारा क्या होगा जिन्होंने मेहनत की है ऐसे ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जिन्होंने अपने जीवन खपा दिया इस एग्जाम को पास करने के लिए उनके मन में कई तरह के कौतूहल है कि हमारा भविष्य क्या होगा कोई तो क्लैरिटी दे साहब उनको रमेश जी मैं अपनी पुरानी बातों को फिर दोहराऊंगा कि आश्वस्त रहे हुए नौजवान जिन्होंने परीक्षा दी थी उनके साथ उनके हितों के साथ कहीं बेमानी नहीं होगी मुख्यमंत्री जी ने खुद आगे आके जांच की दी है मैं आपसे कुछ पीछे ले चलता हूं 2014 का देश में चुनाव हुआ था भ्रष्टाचार की छाया में 2G जी सी या हम जब 17 में हमारा चुनाव हुआ था दुनिया भर के भ्रष्टाचार के थे मगर आज हमारी दोनों सरकारें केंद्र की राज्य की रिपीट हुई है एक भी हम पे अंगली नहीं उठी है एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है जनता का अंधविश्वास है और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के एक सच्चे प्रतिनिधि के तौर पर मजबूती के साथ राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं उनके संज्ञान में जैसे ही आया उन्होंने घोषणा कर दी किसकी जांच होगी ऐसा कोई भी तथ्य सामने आएगा कोई बड़ी होगी वो हमारी प्रतिष्ठा से हमारी जनता के इससे जो हमने कमिटमेंट उससे बड़ा नहीं है जो भी होगा वो बख्शा नहीं जाए भुवन कापड़ी साहब एक और बात सामने आ रही है कि ये केवल इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन तक ये रैकेट सीमित नहीं था ये रैकेट बहुत पहले से काम कर रहा था और एक तरह से कई और एग्जाम जो है इनको प्रभावित किया था इन लोगों ने इस तरह की संकेत मिलने लगे तो क्या आपको लगता है कि आप पुरानी परीक्षाओं में में भी ध्यान दीजिए कौन सी ऐसी ब्लैक शीप हैं जो इन सरकारी सेवाओं बैठी और पैसे लेके नाकाबिल होते हुए भी पैसे देकर वो सरकारी नौकरी पा गए मैं तो पहले दिन से आयोग की बात कह रहा हूँ भ्रष्टाचार आयोग पहले दिन ये विधानसभा में उठाया विधानसभा में उठाने के बाद फिर हमने सचिवालय का घिराव किया बार बार पत्रकारों के माध्यम से तो कि बताया तब जाके आयोग आज के लिए आई आज भ्रष्ट आयोग के लिए हम सबको दलगत राजनीति से उठकर एक दूसरे की बातों को महत्व देख लेना चाहिए जो कि की उत्तराखंड के प्रमुख भविष्य है उत्तराखण्ड का भविष्य है और सभी राजनेताओं का काम मुख्य रूप से उत्तराखण्ड को जाना है चाहे हो चाहे हो तो हम इसमें हुई ढंग से जाँच जांक नहीं हुई तो फिर हम उत्तराखंड में उत्तराखंड बेरोजगार न्याय यात्रा सब जगह घूमेंगे युवाओं के साथ मिलकर बेरोजगार युवाओं के साथ मिलकर उसकी कार्रवाई। अगर सरकार सख्ती से इसमें करती है, तो भी वो इंडिपेंडेंट एग्जाम कंडक्ट करा सके वो कभी कोई शेड्यूल जारी नहीं करता उनका कोई क्लैरिटी नहीं है कि साहब बाकी राज्यों में आप जाएंगे पूरा कैलेंडर जारी हो जाता है साहब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर जारी हो जाता है कोई गवर्नमेंट जो है इनको पूछती क्यों नहीं है कि भाई आप कर क्या रहे हैं हमने आपके आयोग को बनाया है उसको एक दिया है उस उसेट के अनुरूप आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप पूछेंगे ही नहीं तो वो तो अपनी मनमानी चलाएंगे ही चलाएंगे रमेश जी इसीलिए उत्तराखंड में जब से राज्य का गठन हुआ और नया राज्य था एक माइंड हुआ जो कांग्रेस ने या भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया उसके पीछे जनता का हित ये था कि शुरुआती दौर में आयोगों में विशेषज्ञों को और अनुभवी लोगों को बैठाने की परंपरा थी और इसी नाते अधिकतर पदों पर अधिकारी इसलिए बैठे कि नए राज्य का एक ढांचा एक संस्कृति तैयार हो अनुभवी लोग उन जो आयोग बने हैं उनके आकार को पूरा सा तराशेंगे और काम करेंगे मगर अगर आयोग इन अधिकारियों के पुनर्वास के केंद्र बन जाएंगे कि साठ साल में रिटायर हो गए छह साल और मजे मारने पांच साल और मजे मारने गाड़ी घोड़ा मिल जाएगा बंगला मिल जाएगा फिर देखोगे होगा जैसा दिखाई दिया है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है आपने यू मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूंगा कि ये जो है आप नौकरी मतलब आप रिटायर्ड हो गए रिटायरमेंट के बाद आपने अपना रिहेबिलिटेशन सेंटर आयोग को बना दिया मैं देख रहा हूं कि ब्यूरोसी के लिए बहुत आसान हो गया है भुवन कापड़ी साहब आपको लगता है ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे देश में है कि साहब जजेस जो हैं वो अपने लिए जगह ढूंढ लेते हैं कि साहब रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ जाएंगे ब्यूरोट जो हैं वो अपने लिए जगह ढूंढ लेते हैं साहब की वो रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाएंगे क्या इन्हीं के पास पूरे देश को चलाने की एक्सपर्टीज है क्या जो इससे जुड़े एक्सपर्ट लोग हैं उनको इन आयोगों में क्यों नहीं मौका दिया जाता क्यों ही ब्यूरोक्रेट को ही और ध्यान दिया जाता देखिए इन आयोगों में सबसे पहले ईमानदार और योग्य लोगों को मौका मिलना चाहिए जिनके मन में प्रदेश के लिए कुछ करने की इच्छा है जिनके मन में देश की इच्छा है जो सिर्फ अपने लिए एक रोजगार कार्डा रेगुल समझ लीजिए रिटायरमेंट के बाद काम करेंगे इसके पहले से कर सकते हैं तो दुर्भाग्य तो है इन जगहों पर इनके पड़ रहा है पांच साल का इनका कार्यकाल है आज ने किसी कि तो में इतनी बात नहीं एक चला माफ ऐसा होना चाहिए चाहिए इसकी भूमिका है सजा मिलनी ये ताकि लिए बैठे बैठे वो कि मेरी जिम्मेदारी है कुछ कुछ तो सलाह भी तीज़ी तीज़ी तीज़ी तो गवर्नमेंट को, को रिविजिट करना चाहिए मैं उत्तराखंड की बात करूँ जो भी ब्यूरो होता है वो सीएमओ के एक चक्कर काटने लग जाता है की साहब मुझे कहीं आप रिहेबिलिटेट कर दीजिए और सीएमओ भी बड़ी खुशी खुशी उसे रिहेबिलेट करने का तैयार रह जाता है भाई जब आप 60 साल में कोई बदलाव नहीं कर पाए उसके बाद आपसे हम क्यों इतनी उम्मीद रखे कि आप कोई रखेंगे और और को रमेश जी इस पे एक और बड़ी डिबेट अलग से भी इसलिए हो सकती है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के ढांचे पर भी लगातार डिबेट हुई है कि इस सेवा को किस तरीके सेवा से दे रही है और कैसे सभी विभागों के निर्णय में विशेषज्ञ सेवाएं देने का अधिकार मिल जाता है मगर हम इसे किनारे रखते हैं अभी भी लगातार हमारे जो भी मुख्य सचिव होंगे या हमारे जितने लोग बड़े अधिकारी और जिनका व्यापक संपर्क रहता है जो राजनेताओं से मिलना जुलना पसंद करते हैं या किसी के विषय से कृपा पात्र बन जाते हैं उनको लालबत्तियां दी जाती हैं या ऐसे आयोग दिए जाते हैं ऐसे पुनर्वास केंद्र बनाए जाते हैं इनके और नहीं है तो गठित किए जाते हैं घोषणा के बाद ढांचा बनता है भवन लिया जाता है यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये अनेक राज्यों में भी है मगर उत्तराखंड इसके लिए ज्यादा पीड़ित है पे पुनर्विचार होना चाहिए इससे अच्छा इससे बेहतर होता व्यक्ति प्रशासनिक क्षमता में भले योग्य न हो मगर अगर उसकी नीयत कमिटेड है अगर वो राज्य को भला चाहता है ऐसा व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर ज्यादा बेहतर काम कर सकते okay. विनोद कापड़ी साहब भुवन कापड़ी साहब मुझे एक और बात आपसे जाननी है आप संतुष्ट हैं एसटीएफ जिस तरह से जांच कर रही है या आपको लगता है सीबीआई जैसी इंडिपेंडेंट एजेंसी इसकी जांच करे ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके वैसे तो मैंने विधानसभा में अपने साथियों के साथ लेकिन तो अभी हम एस की जांच के बारे में कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि प्रथम से एस की जाँच अच्छी है ये तब कह पाएंगे जब जांच कि हम हैं या नहीं है तक तो तो संतुष्ट आखिरी सवाल लखेड़ा जी आपसे आपको लगता है कि आप लोग जनता को यह विश्वास दिला सकते हैं कि यह जो इंक्वायरी हो रही है इंडिपेंडेंट है ट्रांसपेरेंट है बिना पॉलिटिकल प्रेशर के आगे बढ़ेगी और कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो अगर उसका नाम आता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा रमेश जी हम कमिटेड हैं राज्य की जनता के प्रति हमारा वायदा है और सरकार एक चौकीदार का काम करती है प्रशासनिक तंत्र सरकार चलाएगा चलाता है अपना, अपना विभाग चलाता है उसके उस रखने के लिए सरकार करती है। और आप कुछ कह रहे चौकीदार के नाक के नीचे ही तो ये सब हो रहा है हाँ तो आप ये बताइए जब संज्ञान में आया तभी तो जांच बैठाई गई जब संज्ञान में आया तो उसके बाद ही इस जांच की घोषणा की गई और कपड़ी साहब को भी भरोसा दिलाता हूँ हम अगली डिबेट में जब बैठेंगे हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कौन कौन पकड़ेगा एस टी एफ करेगी और ये जांच के जड़ तक सरकार पहुंचेगी सरकार का जनता से वायदा है बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का देवभूमि डायलों के मंच में आने के लिए कुल मिलाकर मैं कुछ प्रश्न यहाँ पर रखे जा रहा हूं कि इस पूरे रैकेट का यानी ये जो नकल कराने वाले रैकेट का माफिया तंत्र कौन हैंडल कर रहा था कौन राजनेता इनको संरक्षण दे रहा था किन लोगों की ओर का आयोग के अध्यक्ष ने इशारा किया था क्या ये जो जांच चल रही है ये पूरी ईमानदारी से अंजाम तक पहुंचेगी और क्या अगर इसमें बड़े लोगों के नाम आते हैं तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेने से नहीं चुकेगी ये सब ऐसे सवाल है जो आने वाले दिनों में इसके जवाब मिलेंगे लेकिन हम लगातार जो पहले दिन से फॉलो अप कर रहे हैं स्टोरी को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं के हक से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा हमारे युवा जो हमारे उत्तराखंड का भविष्य हैं अगर वो काबिल है तो कोई उनसे नौकरी छीन नहीं सकता और ऐसे लोग जो काबिल नहीं है लेकिन पैसे के दम पे इस तरह की नौकरी पाने के सपने देख रहे हैं उनका सपना तोड़ना भी बहुत जरूरी है आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जाने से पहले मैं आपको फिर से निवेदन करूंगा आप देवभूमि डायलॉग से जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप हमारे साथ खड़े रहेंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके हर मुद्दे की आवाज देवभूमि डायलॉग बनेगा बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का